बारी पड़ेगी अपनी आरबी सरकार आरबी का मतलब है राजवीर भवानी लोहा गोहा नो so लोहांगना धन गिरधारीोहा लोहागल। मोनिका रे मोनिका पे तीन धोरना तेरे मोनिका रे मोनिका पे तीन धोरना तेरे बजावा तो छे मैं नई स्टार डीजे बजा रे बजावा तो छे मैं नई स्टार डीजे बजा रे डीजे नो चलत मेरे आदमी मत मेलियो बंडिया धन्यवाद hey. लोहा गला